जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी धीरे धीरे डाली सत्तर पुरंपनाल प्रथम शुक्र जित संव जय मंगला जय मंगला जय मंगला जय मंगला गिरी तेरम अच्छा आगे आगे आगे आगे ना नहीं नहीं नहीं भूतम आरा देख मसंग जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी चित मत हथ सुधारू योजन पथ इति संकट मनोजित मुंब सा जय मंगला जय मंगला जय मंगला ऐसा भी बोले हाँ सत्वा ने सोच रिया नम जनता सन्क सोम विधुना जीतुअ मुनींदो जन्ते चौवानी जय मंगला जय मंगला जय जय मंगला सच्चम विहारे भादा मन अति अंदूत चलु तो जित मुते भवतु तो जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी मंगला नंदे नंद भुजगो महितुजगे नमापय को स जय जय जय जय जे मंगला सत्त ब्रह्मं विशुद्धि का मुनिम जय मंगला जा मंगल अठ्ठाता दौद दिन सकमी इक्वा न नेक तुप्तवाखम अदगमे नो सफलो